तो हेलो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू व्लॉग को लेकर तो आज हम दिखाने वाले अपने स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम करने वाले हैं जिसका पता मैं आपको स्कूल में आकर ग्राम जिससे पहले हम लोग स्कूल जाने के लिए तैयार तो गाइस हम लोग हो चुके हैं तैयार और ये लोग आ चुके हैं अपने भाई लोगों के और सोनू पेड़ लेकर तो हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए स्कूल जाएँगे चलिए फिर स्कूल चलते हैं तो वाइस हम लोग पहुँच चुके हैं तरुण के घर के पास और हमेशा की तरह तरुण आज भी लेट है देखिए कब तक बाहर निकलता है तो गाइज हम लोग सोच रहे थे कि तरुण तैयार हो चुका होगा लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलता कि तरुण की हालत एक बर्दी के लिए और भाई सोनू क्या हो रहा है दिख नहीं रहा तरुण को लेने के बाद हम आ चुके देखिए योगेश्वर के पास जहाँ पे वो भी लिंग का और लिंग का पेड़ लेकर खड़ा हुआ है देखिए इतने देर से एक घंटा का इंतजार करने के बाद ये भी आया है चलिए अभी स्कूल में चलते हैं तो है पढ़ने वाले ही जो कि एक डेढ़ घंटा हमको लेट हो चुका है स्कूल जाने में तो हम लोग स्कूल पहुँच चुका है और स्कूल के हालत देखिये पहले इन लोनो कर क्या रखा है देखिये हमारे स्कूल में आ चुके नस्ता बैगम वाला देख लुमने हालत का स्कूल के तरह तो गाइस हमारा विश्वरोपा कार्यक्रम चालू हो चुका है सर हमारे साथ मदद कर रहे हैं और यहाँ पर इन भाई लोगों ने चालू भी कर दिया गड्ढा देख कर ये लग रहा है कि हमारे स्कूल का जो पढ़े है पूरा हरियाली से भरा है क्योंकि देखिए आजकल सब लोगों के साथ में सब लोग यहाँ पर फेर लेके आते हुए हमारे मैदान में तो याद चलते हैं अगले पेड़ के लिए लोग तो इकट्ठा करना है। चल रहे सुरेश साहू के साथ नायन के कुछ बालिकाएं जिनके साथ हम विचारपण करने वाले हैं इनके बाद चलिए सुरेश शुरू कीजिए हम कीजिएगा तो पेड़ है? तो तो पर वाले हैं ये बन हमारे छोटे इलेवेंथ क्लास के बायो के स्टूडेंट बायो और मैथ के स्टूडेंट के साथ ये कौन पेड़ लगाया जा रहा है कौन सा जी ये पेड़ बात रसमतपुर का सभी पर होने वाला है चलिए फिर आगे बढ़ हमारे स्कूल में कुर्सी दौड़ का खेल रहा है यहाँ पे यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे में कितनी पब्लिक हो तो चुकी है मैं स्कूल में छत्तीसगढ़ तिहार के कुछ बारे में जावा अरे अरे छत्तीसगढ़ के के मजा। आप बधाई यार और तो साथ में मदद तो आज के कार्यक्रम पूरा हो गया